सो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं केपी पी आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं ये है पुराना ब्रिज दिल्ली का जो कि पुरानी दिल्ली से जोड़ता और देख सकते हैं पुराने ये पुराने ब्रिज पे यह जा रही है मालगाड़ी और नया ब्रिज ये बनाया जा रहा है यमुना रिवर के ऊपर दोस्तों आज मैं यही दिखाने वाला हूँ आपको कि डेली देहरादून एक्सप्रेस का कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है क्या क्या वर्क चल रहा है वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो आप बने रहिए एंड तक और दिखाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं दोस्तों तो आपको बता दूं कि इसको देखो रेलवे लाइन को भी और ये मेट्रो लाइन को भी ये डेहली देहरादून एक्सप्रेस भी क्रॉस करेगा दोस्तों आने वाले टाइम में और गांधी का वो जो रेड बत्ती है वहाँ पर एक प्लर्क बन बन चुका है और वो उधर से घूम जाएगा दोस्तों देखो ये रेड लाइन है दोस्तों मेट्रो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 और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी के चैनल पर दोस्तों लाता रहता है के पी संत इंफॉर्मेशन देता रहता तो यहाँ से गाइस सी ये शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है देख सकते हो ये लेफ्ट वाली लाइन इन्होंने बंद कर दी है और राइट वाली खुली हुई तो इस पर ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है तो ये सिंगल लाइन ही है तो उधर आपको बता दूँ कि उधर इन्होंने पायल कर दिया है पल्ली साइड में पायल कर दिया है मशीनों द्वारा उस पर फाउंडेशन बनाने का जो काम है वो किया जाना दोस्तों सबसे लेट काम यहीं पे हुआ है ये शास्त्री पार्क में ही तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पर ये पाइल मशीन कर दिया है उस साइड में पहले वो वाला खुला हुआ था इसको बंद कर दिया अब इन्होंने ये खोल दिया उधर वाला बंद कर दिया तो देख सकते हो पायल हो चुका है शास्त्री पार्क में और इस पे फाउंडेशन बनाने का अब काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों इसका देख सकते हो ये रिंग रखे हुए हैं जो कि ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं पायल करके उसके ऊपर ये फाउंडेशन बना के फिर उस ये पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा किया जाता है फिर पिलर भरा जाता है कॉन्क्रीटिंग किया जाता है दोस्तों देख सकते हो ये सारे में ही पाइल कर दिया जा चुका है और पाइल करने के बाद में अब इस फाउंडेशन का काम किया जा रहा है ऊपर का पिलर बनाया जा रहा है यानी कि ग्राउंड लेवल का पिलर बनाया जा रहा है दोस्तों तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कहाँ तक ये चल रहा है काम क्या क्या वर्क चल रहा है तो आज हम चलेंगे खजूरी तक और देखेंगे आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कितने पिलर बन के गए हैं कहां कहां पिलर का ये पियर कैप लगाए जा रहे हैं तो बने रहिए आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी के चैनल पर दोस्तों तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मशीना फाउंडेशन कितना कुछ बना चुकी है तो आप लोगों को देख सकते हो आप लोगों को आगे दिखाएँगे और बताएंगे भी दोस्तों के फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है वो आप लोग इस वीडियो में देखना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और देख सकते हो ये आ रही है जिस भी मशीन जो कि पाइल करने के बाद में फिर मिट्टी को हटाया जाना है दोस्त हटाने के बाद में फिर वो पाइल का जो ऊपर <coughs> का स्ट्रक्चर है वो तोड़ा जाएगा देख सकते हो यहाँ पर ये टीब लगी हुई है और इसको तोड़ रही है नीचे से तोड़ने के बाद में इस पत्थर को ऊपर निकाल लिया जाएगा और निकालने के बाद में फिर इसको इसको साफ़ किया जाएगा उतना ही और फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये ये जेसीबी से गड्ढा करने के बाद में ये पत्थर निकाले जाते हैं फिर उसके बाद में फाउंडेशन बनाया जाता है तो ये देख सकते हैं ये जेसीबी मशीन आ चुकी है यहाँ पर इसको मिट्टी निकालेंगे मिट्टी निकालने के बाद में फिर इस पर सही से इसकी तोड़ाई की जाएगी और तोड़ाई कैसे की जाती है वो आप लोगों को अगले वीडियो उसमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हो पापी पुस्ते पर यहाँ पर मिक्सर प्लांट भी है मिक्सर प्लांट देखो वो सामने चमक रहा उधर छतरी सी चमक रही है और ये देख सकते हो इन्होंने फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया दोस्तों इस पार्क में तस्वीरें देख सकते हो बस ये अब इनमें बस कॉन्क्रीट भरना बाकी बचा देखो ये रहा मिक्सचर प्लांट यहाँ का डेहली देहरादून एक्सप्रेस का जो मिक्सचर प्लांट है वो यहीं पर है तो यहीं से इसमें मिक्सचर होकर और ये पिलर सारे भरे जाएंगे दोस्तों आगे का भी देखते चल के तो आपको बता दूं ये रोड आ जाती है आगे जो फ्लाईवर चमक रहा है बहुत सादरा और आई वाला रोड है दोस्तों देख सकते हो ये फ्लाईवर इसको भी ये क्रॉस करेगा डेहली देहरादून एक्सप्रेस में और यहीं से इसकी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत हो जाएगा ऐसे ही वीडियोस रहो के संत के चैनल पर दोस्तों देख सकते ये सादरा और आई एस बी टी का ये मेन हाईवे है देख सकते यहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया है आपको बता दो खजूरी और शास्त्री पार्क के बीच में ये है देखो अगर हम यहाँ से राइट में जाते हैं तो चले जाएंगे सातरा के लिए और लेफ्ट में जाते हैं तो चले जाएंगे आई सी यानी कि पुरानी दिल्ली के लिए दोस्तों और यहां से क्रॉस करने के बाद में आप लोगों को यहां पर काम देखने के लिए मिलेगा खजूरी पुश्ते पर देख सकते हो क्योंकि यहां पर दोनों साइडों में ये पिलर बनाए गए हैं क्योंकि इसमें बीम डाला जाएगा दोनों पिलर के बीच में और बीम डालने के बाद में फिर इस पर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा क्योंकि इन पर ये पुरानी दिल्ली के लिए यहाँ से रास्ता भी दिया जाएगा इसमें कनेक्ट होने के लिए डेली देहरादून एक्सप्रेसवे में दोस्तों कनेक्ट होने के लिए इसलिए यहाँ पर यह डबल डोर आप लोगों को पिलर देखने के लिए मिलेगा और इन पर अभी कंक्रीट नहीं किया गया है कि कंक्रीट अभी भरा जाएगा इनमें बस फाउंडेशन बन के कंप्लीट ही हो पाया है तो आगे और चल के देखते हैं कि क्या क्या वर्क चल रहा है तो आप लोगों को दिखाते हैं और बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मिलते हैं आगे चल के तो देख सकते हैं तस्वीरें है यहाँ पर ये पिलर का पीयर कैप बनाया जा रहा है और ये पिलर नंबर है सेवनटी नाइन से स्टार्ट हुआ है और ये खजूरी की साइड में ये बढ़ते हुए जा रहे हैं देख सकते हो ये पियर कैप बनाया जा रहा है और पूरा ही पियर कैप बनाया जा रहा है तो उसमें तीन चार प्रकार से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हो ये स्लो डाउन यहाँ पर लगता हुआ है दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो आगे देखते हैं कि कहां तक ये पिलर बनके कंप्लीट हो चुके हैं क्या क्या देखो इनकी सेटरिंग अब ये निकाली जा रही है क्योंकि यहां पर ये पियर कैप बन चुका है कंप्लीट हो गया है बन तो देख सकते हो जैसे जैसे पियर पियर कैप बन जाता है इसमें मसाला भर देते हैं वैसे वैसे इसका ये सेटरिंग निकाल दिया जाता है दोस्तों और आपको बता दूँ कि ये पिलर के अंदर इन्होंने छेद करा हुआ है जो कि इसमें बिठाते हैं डाला जाता है एक सरिया फिर इसको जोड़ते हैं तो इसी तरीके से न ना बनाया हुआ है देख सकते हो वो इसमें डाल देते हैं सरिया और फिर इसको एक साइड में ये पिलर बना दिया दूसरी साइड में इसके अंदर कर देते हैं तो यही सीन है यहां का तस्वीर देख सकते हो ये पियर कैप है कुछ इस तरीके से देखो ये सरिए लगे हुए हैं ना इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया गया है इसका पियर कैप का दोस्तों तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बैलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों क्योंकि अभी आपको बता दूँ देखो वो बरकर आप लोगों को ऊपर टीम नजर आएगी तो इस पर अभी जो पानी डालने का काम है वो कर रहे थे और इसकी ये सेटिंग उतारी जा रही है दोस्तों क्योंकि ये देख सकते हो पिलर नंबर 85, 86 ऐसे ये बनाते चले जा रहे हैं खजूरी की साइड में यानी कि पापी पुस्ता की, की साइड में दोस्तों जहां सिग्नेचर ब्रिज के लिए रास्ता चला जाता है खजूरी भजनपुरा और ये यमुना बिहार इधर की साइड में ये जा रहे हैं पियर कैप बनते हुए दोस्तों और ये बन के स्टार्ट हुए ये कहां से हुए हैं शास्त्री पार्क की साइड से सा, स्टार्ट हुए खजूरी की साइड में जा गज देख सकते हैं आप सभी अब जाकर थोड़ा थोड़ा ये जाम ख़त्म हुआ है क्योंकि स्लो डाउन लगा हुआ था जहाँ पर यह पीयर कैप बनाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है तो इस वजह से यहाँ पर यह स्लो डाउन देखने के लिए आप सभी को मिला दोस्तों देख सकते हो अब सारा रास्ता क्लियर हो चुका है क्योंकि इस पर सिंगल रास्ता ही खोल रखा उधर का भी बंद पड़ा है इधर का भी तो अब मतलब कि एक ही रास्ते पर ही आ रहे हैं जा रहे हैं तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ये सारे पियर कैप बन के कम्प्लीट हो सारे प्लर बन के ही हैं बस इन पर पीयर कैप का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों देख सकते हो क्योंकि मैं इस पर चढ़ चुका हूँ इस पर फुट ब्रिज फुट ओवर पर देख सकते हो बॉक वे पे? क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा बहुत था रास्ता तो इस वजह से हमें ऊपर चढ़ना पड़ा गाइक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 देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों के इंफॉमेशन देता रहता है तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये है डेहली देहरादून एक्सप्रेस पर जो कि बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों दिन रात इस पर काम चल रहा है 210 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है दोस्तों जिसमें बारह किलोमीटर का इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर भी बनाया जा रहा है जो बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ से गणेशपुर से स्टार्ट होता है और देहरादून के बीच तक बनाया जाएगा जो कि बहुत बड़ा जंगल है देहरादून का उसी के बीच से ये कॉरीडोर निकलेगा तो यहाँ पर भी कुछ पिलर का देखो फाउंडेशन ये कर दिया है पियर कैप बनाने के लिए देख सकते हो ये फाउंडेशन लगा दिया इन्होंने तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों तो आगे ऐसे ही बीच बीच में ये बनाते चले जा रहे हैं पिलर को और बहुत कुछ आप लोगों को इस डेहली डेली देहरादून एक्सप्रेसवे का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अभी तो पैकेट पैकेज वन ही चल रहा है पैकेज फर्स्ट चल रहा है अभी इस टाइम पे तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लो डाउन आप लोगों को हर जगह देखने के लिए मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है यहाँ पर और बर्क कंस्टेशन बर्क चल रहा है तो इस वजह से देख सकते हो यहाँ पर ये पीयर कैप बनाने का ही काम चल रहा है देखो ये रखे हुए हैं इसके स्टैंड जो पियर कैप के साइडों में लगाए जाएंगे स्टैंड उनका और एक हॉल तो इसमें ही है पिलर के अंदर तो इधर तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं इधर तो पहले ही पिलर बना हुआ है एक दूसरी साइड में पिलर बनाया जाएगा इसके लाइट में राइट में और रैप्ट में दोनों तो उसी का ये कंस्ट्रक्शन सामान रखा हुआ क्योंकि यहाँ पर यह पिलर कैप बनाने का वर्क चल रहा है दोस्तों तेजी के साथ वो बना रहे हैं और पियर कैप जैसे ही बन के कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों फिर उसके बाद में इस पर गडर लॉन्चिंग करना स्टार्ट कर देंगे फ्लोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा तो बहुत तेज़ी के साथ में वर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पे दोस्तों तो आप लोगों को आगे भी देखने के लिए मिलेगा देखो कुछ प्लर यहाँ पर भी ये पियर कैप का, का काम किया जा रहा है तो मतलब कि ये कुछ जगह छोड़ छोड़ के दूर दूर ये पियर कैप का, का काम किया जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यह पियर कैप बनाने की सेटरिंग को लगा दिया इन्होंने अब इसका पियर कैप का जो जाल है वो बनाया जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों ये ये ये जाल बना रहे हैं सरियाओं का और सरियाह को जाल बनाने के बाद में यानी कि ये फ्रेम ये फ्रेम बनाया जा रहा है ये देख सकते हो सरियाँ का ये फ्रेम बनाने के बाद में बन बन जाएगा प्रेस में कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा भरने के बाद में ये पी कैप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दहली देहरादून एक्सप्रेस के दोस्तों जिधर भी आप नज़र उठाकर देखोगे उधर ही आपको बर्क कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा ये पियर कैप हर जगह बनाए जा रहे हैं दोस्तों तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के के चैनल पर के लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों क्योंकि ये खजूरी पुस्ता वाले जो जितने भी पिलर हैं वो सारे बन कंप्लीट हो चुके हैं इन पर पियर कैप का, का काम किया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों कहीं कहीं ये बीच में पिलर बचे हुए हैं जहां जहां बचे हुए हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अभी इस वीडियो में दोस्तों तो देख सकते ये पियर कैप का, का काम ये पियर ये पिलर भरे जा रहे हैं कंक्रीट किया जा रहा है इन पिलों में देख सकते इधर के ये पिलर बचे हुए हैं जो इन पर कंक्रीट भरना बाकी रह गया दोस्तों देख सकते हो इनमें रिंग लग जाने के बाद में और फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के के चैनल पर दोस्तों तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी